Hi guys, welcome to 12. मैं आपको वीडियो में बताऊंगा 10 लॉजिक इन GTA. उसको देखकर आप भाई कुछ ज़्यादा नहीं नहीं हो गया. मतलब मतलब कुछ कुछ भी. फिर लॉजिक से कोई सेंस लोग मतलब, बोल रहे थे भाई GTA 100% है, फिर देखते हैं ऐसे सी <laughs> गाइस नॉर्मली बाइक को रन करने के लिए दो हैंड की ज़रूरत पड़ती है स्पेशली स्पीड बनाने के लिए मतलब एक्सिलरेशन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं मतलब जी समझ रहे, समझ रहे, समझ रहे के बिना गाड़ी स्पीड में चल सकती है आप ही देख पार मतलब गजब की अच्छा है एंड फिर से आते है की पर, मतलब करने के लिए दो हैं मारना पड़ेगा फ्रेंकलिन कोई आप ऐसे बिलिंग करते हैं थोड़ी सी आगे पीछे देख करो वरना तो गाइस, इसका ट्रेस। मतलब इतना स्ट्रॉ होते ना गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग होते ना गाइस, बस स्ट्रॉन्ग ही होते है और कुछ नहीं गाइस मतलब आप रॉकेट लॉन्चर से मार दो गिनेट फेंक दो टैंकर लेकर उसके सामने फूट दो मतलब कुछ भी करो यार मतलब ये ब्रेक नहीं हो उसका एक ब्रांच तक भी भाई नहीं होगा पता नहीं यार गेम का डेवलपर इसको फोन ही नहीं है फिर भी हम फोन को कैसे यूज कर सकते यार? मतलब मान लेते हैं कैसे भी यूज कर सकते हो बट हम वही जैसे पानी से बाहर आएगा नाइस हमारे फोन निकलता है पॉकेट के अंदर मतलब पॉकेट के अंदर कोई तो यूज कर लगता है यार कोई गोष्ट यूज कर रहा होगा हम गेम के अंदर नॉर्मली बाइक्स और कार को चला सकते हो अनलिमिटेड किलोमीटर क्योंकि इधर कोई फ्यूल का भरने की जरूरत ही नहीं पड़ता है क्योंकि यार इसके अंदर ऐसा टेक्नोलॉजी यूज किया ना भाई विदाउट फ्यूल अनलिमिटेड किलोमीटर चल सकते आइसर टेक्नोलॉजी हमको भी चाहिए क्योंकि यार हमारी देश में बढ़ रही है फ्यूल और डीजल की रेट आइसर टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हमारी पैसा तो बच जाती है ना फिर इस गेम के अंदर पेट्रोल बंक्स भी होते हैं मतलब कोई फ्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर पेट्रोल बंक किस काम के लिए भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ पता नहीं यार गेम का डेवलपर काउंसिल नेकॉर्डिंग कर दिया हमारे पॉकेट में इतना गन्स होते है नाइस भाई पूरा देश का गन्स हमारे पास ही है मतलब हम रियल लाइफ में एक गन रखने के लिए भी सही जगह नहीं है मतलब इस गेम के अंदर 61 गन्स सबको पॉकेट के अंदर रख सकते हो मतलब एक गन का भी बटन प्रेस होगा ना फिर तो हमारे काम तो फिर आतेबल ट्रेन मतलब ट्रेन कभी भी रुकता है का का मर दो ट्रेन के सामने भी वेही कर दो ट्रेन को रॉकेट लॉन्चर्स मर दो, दो। मतलब भी करो यार, का नहीं मतलब ट्रेन बोलेगा यार आपको रुकेगा नहीं सला फिर कहीं साहब देख ही पा रहे हो गाड़ी का उस साइड और इस साइड कोई हेलमेट नहीं है बट मैं जैसे गाड़ी में बैठ दूंगा आप देख पा रहे हो भाई हेलमेट की तरफ से आगा याराई हेलमेट अब तक नहीं था यार मतलब ये नहीं बना यार फिर आते है हमारी ट्रिक और ट्रेन का ब्रदर है एक सब सामने क्लोज और ऑब्जेक्ट है रहे मतलब कितना भी ग्रेट लॉन्चर मतलब लॉन्चर नहीं रॉकेट लॉन्चर गिरनेट और कौन से भी गन से उसको फोटो वो फूटेगा नहीं फिर ट्रेन का जैसा बोलेगा ऑब्जेक्ट नाम सुन के फ्लावर समझो क्या ऑब्जेक्टे फायर प्रूफ गई स्टार्टिंग भी बाइक से होती गई और एंडिंग में बाइक से कर लेते हैं नॉर्मली बाइक को रोकने के लिए ब्रेक लगाना है बट हमारी जी टी एफ बाइक में ब्रेक होते है बट हमारे फ्रेंक्रेंड बयान उसको लगाते नहीं है फिर भी गई बाइक तो स्टॉप हो जाते है पता नहीं रहे कैसे स्टॉप हो जाते फिर गई आपको फ्रैंकलिन बाइक को कॉल लगा के आप ही पूछ लेना कैसे स्टॉप करती है फिर इस टेन लॉजिक्स में आपको कौन सी लॉजिक काफी पसंद है और काफी माइंड ब्लोइंग लगा कमेंट करके जरूर बताना ओके गई आज वीडियो में इतनी आपकी वीडियो अच्छी तो वीडियो ले को लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज कैसे लगे कमेंट में जाकर जरूर बतना और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस